अरे कुछ लोग देख रहे मेरी बर्बादी के सपने ऐसे दिन नहीं आएंगे और लाख कोशिश कर लो मेरी जान इस चेहरे से हंसी छीन नहीं पाएंगे